तो, तो, तो ना तो मो पर तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो पढ़े लिखे तो ये हैं आप पढ़े लिखे तो ये जा दो तो पढ़े लिखे तो फिर पढ़े लिखे तो सोच जावे दिमाग सो मजा पढ़े पढ़े जा फिर पढ़ो जा उठ में आंख लगा के छोड़ डाल हैं फिर आंख लगा लो ऐस लगाओ दिमाग बता दे ऐस लगा ऐस लगा लो ऐस लगा रिया ऐस रहे मजा हमें क्यों पूछती लाला को पूछ नाला का पूछ तो बता नाला के ना पूछ आदमी इणक मजाक ना कहो मत ठीक मेहरबानी इणक मजाक कहो और माने जमा जाते तेरवा तो कोले भर लेवा जाते काले वार आज मजा आ जा ओ टेप से मां टेप से में मजा आ रहा है आवाज और के ने देवा दे करे जब सुपर तक म पाएगो आएगो और के ने बाद में करे जब आवे नजर बंद करावे मां हाँ वही तो पूछ रहे मैं तो पूछ रही मैं खड़ा हो रहा तो ना भेज दे ना ना सब तो गए तो तो तो तो तो तो तो और एक बात बता ऊपर फैदा रहे है ना आदमी सुगंधे रहे, रहे, रहे बाबा जब भी बड़ा ही जाओ ये कोई पता नहीं फिर भी आदमी मरा डोले मालज कहा मिले ज महीना सवे खितीपुर हाल होवे हैं पतियास करली कोची है प्रयास इन गंदेश कोची जब भी आप प्रાડ मरा डोले अब तो पूरा है आज दूसरा दिन ना कर 70 70 दिन भी का फिलु ना करे तो हां हम दो गैर बने से क्या को हर वक्त ना इनका बड़ा ही रहे इनके पार ना या तो आप परेशान हो रही पर नींद बात मैं बिचारा तो एक में है वो हैं बिचार को और एक तो घरना हो तो और जंगल में खेतना का का एक एक रखो आधम आधम रहवे सब्जी बोते हेलो वो दे, प्याजे, हैं है आ, तो रही है किन? तो, तो जब, जब बड़ी हो जा तो मंडी में ले जावे तो भरको तो जब पालक बेकार है, ये एक बने लुनों का ले लू टेट से तेर पालक। तो, वाने की ना मैं तो कई लोग देख दू जब उनके कहीं मज जा करे मैं लेख फिर ले छप्पा ला जब नो कह रो बने मिया और न क्या हाल मिया ठीक जब बने कह रहा मिया टेम भी लेकर ले कभी थोड़ा बहुत देर बोल बदला कर क्या जा कर पे बदला ले करूंगी आ जा करूंगी घट सोतना तो रही बढ़िया तो लो मिया घर है वो महंगा तो मगायो तो ज तो तो झबड़ा दिया एकदम बढ़िया धत पे आ गए मियोनी आ जा ये तो पालक ले ली सब है ना पैसा दे दिए है ना वो ये धत पे अपन घर लो आओ वो बने वाली यार बने वाली धत पे घर लो आओ बढ़िया mm. mm. तो तो के ना ओ mm. इंदी ने ने झट खे ज बन बेटी इतनी छेड़ इंदी के बड़ा दी हैं है yeah. न पापापा पापा के तो जुआ मैं ना लुटा दी झटवा ने बिंदी लुटा दी है न बिंदी के भी हाल कर दिया जब कह रही बिंदी अब मातम सही कह रही खुज नहीं बोरी मैं नुटा रही झट मात फिलोती है ना भी हाल कर दिया जब कहरी रही बनी सही कह रही मेरी बेटी आके जू ना धुआ आंकड़ो बढ़िया मेरे कमरा में जब कह मैं काम चला दे काम तो चला झट चला काम, काम चला दूंग मेरा आदमी है ना मैंने कह रही मैं बड़ी पड़ी है ना जब मेरा आदमी वो तो पहले नत् निकाल आंध लो दिया हुआ